तो तीन चीजें मैंने आपको बताई पहली कि हम जो वेरिएंट क्यों ना यूज करें हर जगह पे पहली है सिस्टम इशू सिस्टम इशू क्या है कि हर एक डेटा टाइप का एक साइज होता है सिस्टम में हर एक डेटा टाइप का एक साइज होता है जैसे बाइट जो है एक टू बाइट लेता है बुलन भी ट्यू टू बाइट लेता है इंटीरियर आई थिंक फोर बाइट लेता है लॉन्ग uh, 8 बाइट लेता है डबल 16 बाइट लेता है डी टी बी आई थिंक फोर बाइट लेता है स्ट्रिंग जो है मिनिमम 8 वाइट और डिपेंडिंग दाइज के हिसाब से जगह लेता है वेरियंट 32 टू बाइट लेता है सबसे ज़्यादा 32 टू बाइट वेरियंट लेता है तो आप बोलेंगे इसे इसे क्या फर्क पड़ता है मेरे सिस्टम मेरी बात करें तो मेरे पास तो 20 जी का रैम है और डेढ़ टी का हार्ड डिस्क है hmm. तो मुझे बाइक से क्या फर्क पड़ता है क्या ये बात हो सर मेरे पास करोड़ रुपया है कुछ पैसे खर्च हो गया है, तो क्या हुआ रुपये तो तो तो एक एक जो जो दिख रही है ना माइक्रो के साइज के ऊपर जो एक लिमिटेशन होती है जो आपका माइक्रो का साइज है वो थर्टी टू के बी से ज्यादा नहीं होना चाहिए माइक्रो साइज थर्टी टू के से ज्यादा नहीं होना चाहिए माफ कीजिए थर्टी टू दो में टू फिफ्टी सिक्स के बी से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर टू फिफ्टी सिक्स केबी से ज्यादा है तो आपका माइक्रो रन नहीं करेगा प्रोसीजर टू लार्ज का देगा ठीक है तो छोटे मोटे माइक्रो में फ्रॉक नहीं पड़ता लेकिन जब बड़े बड़े माइक्रो बनाते हैं उसमें फ्रॉक पड़ता है